तो हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों मैं वीडियो नहीं लेके दो दिन नहीं लेके आ पाया क्योंकि मुझे मन नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि आप लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं इसके लिए ठीक है तो आज फाइनली एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छा स्टेटस है जो कि ट्रेंडिंग में भी चल रहा है शिल्पीराज का सॉन्ग है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रियो वीडियो देख लिया ठीक है ठेके? देख लीजिएगा उसके बाद अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों कि आपका वीडियो पसंद नहीं आता तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा ठीक है मजा मजा आया और मैं ये जो जो है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी जो आप स्टेटस वीडियो देखे, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए सिंपली आपको अलाइट मोशन ऐप जरूरत पड़ेगा आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे अलाइट मोशन ऐप दिख रहा है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले मिलता रहे ठीक है तो चलिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाके लेटेस्ट वर्जन जो आया अभी उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है अब जैसे अलाइट मोसन ऐप को ओपन कर लीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे प्लस और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है सिंपली आपको आ जाना है बीट मार्क के अंदर सेक इफेक्ट बीट मार्क दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं बीट बाई जो रेड रेड कलर में दिख रहा है इसको आपको इसमें पिक्स ऐड कर लेना है सिंपली तो चलिए पिक्स को ऐड कर लेते हैं कैसे ऐड करना है प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा मीडिया के अंदर जाना है फ़ोटो को सेलेक्ट करना है उसके बाद थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है अगले बिट पे जाने के लिए आपको तीन वाल लोगों पर क्लिक करना है तो उसके बाद यहाँ पर चौदह नंबर लगा उसको कट कर लेना है ठीक है चलिए इस प्रकार से हम ऑल पिक्स को ऐड कर ले रहे हैं आप भी ऐड कर लीजिए आप देख सकते हैं ऑल पिक्स लग जाने के बाद आपको सिंपली बैक करना बैक करने के बाद आपको सेक्ट इफेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो इफेक्ट देख रहा है फोटो पे टाइप कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है सिंपली आपको आ जाना है बीट मार्क के अंदर बीट मार्क के अंदर आने के बाद आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो से लेकर आपको स्क्रॉल करते हुए आगे आ जाना है सात तक ठीक है यहाँ तक आपका एक नंबर इफेक्ट लगेगा एक नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना नीचे इसको फोटो पे टाइप की जगह इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है इस प्रकार से आपको ऑल पे कर लेना है फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है ठीक है अगर हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है इतना मेहनत के लिए एक आप लोग सफलता बनाते हैं मेहनत हम करते हैं आप लोग की वजह से वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं सब व्यूज़ आते हैं आप लोगों की मेहनत से सब्सक्राइब काउंट होते हैं ठीक है तो आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए डीमोटिवेट मत कीजिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखते हैं बारह पॉइंट पंद्रह से लेकर स्कूल करते हुए आ जाना थोड़ा सा आगे यहाँ पे सोलह पॉइंट पे एक नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है ठीक है तो सिंपली मैं ऐड कर लेता हूँ फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री रोड पे जाके फेस्ट पैकेट कर देना ठीक है इस प्रकार से 12 पॉइंट से लेकर आपको 16 पॉइंट तक लगा लेना है तो चलिए फटाफट -फाड़ इफेक्ट को एक नंबर इफेक्ट ऐड कर ले हैं उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है थोड़ा सा स्क्रोल करते हुए आना है उनतीस पॉइंट पे आपका जो एक फोटो दिख रहा है एक सिंपली एक ही फोटो पे इफेक्ट को ऐड कर लेना ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट बिल्कुल मेरा ऐड हो चुका है ठीक है तो चलिए सिंपली आपको आ जाना है सेक इफेक्ट के अंदर सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद आपको जो सिंपली जो दो नंबर वाला इफेक्ट दिख रहा है फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री डॉट पे जाके कॉफी इफेक्ट कर लेना ठीक है सिंपली आपको आ जाना है बीट मार्क के अंदर सिंपली दो आ, दो नंबर इफेक्ट आपको सोलह पॉइंट से लेकर यहाँ पे दो फिक्स दिख रहा है दोनों पिक्स पे लगा लेना फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट क्लिक कीजिएगा थ्री वोटर पर पे जाकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है ठीक है दो नंबर वाला इफेक्ट सिर्फ ये दो फिक्स पे लगेगा अभी फिलहाल उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लग जाने के बाद सिंपली आपको स्क्रोल करते हुए आगे आ जाना है पे ठीक है तो चलिए चौबीस पे आ जाता हूँ चौबीस पे यहाँ पे देख सकते हो चौबीस पे आने के बाद सिंपली आपको स्क्रोल करते हुए छब्बीस पॉइंट तक आ जाना है ठीक है यहाँ तक छब्बीस पॉइंट पंद्रह तक तो चलिए दो नंबर इफेक्ट यहाँ तक लगा ले रहे हैं ठीक है उसके बाद दो नंबर इफेक्ट आपको अट्ठाईस पॉइंट एक से लेकर अट्ठाईस पॉइंट एक से लेकर उनतीस पॉइंट ग्यारह तक बीच में लगा लेना ठीक है तो चलिए इफेक्ट को दो नंबर इफेक्ट ऐड कर ले रहे हैं ऐड करने के लिए आपको फोटो पे टैप करना इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री रू पे जाके पेस्ट पर एड कर देना ठीक है इसमें जितने भी मटेरियल्स वगैरह यूज किया गया हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है आप लिंक के माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए फटाफट -फार इफेक्ट को ऐड कर ले आप भी एड कर लीजिए लगा लेने के बाद सिंपली आपको बैक कर देना है सिक इफेक्ट के अंदर आ जाना है आने के बाद तीसरा नंबर वाला जो इफेक्ट है फोटो पे टाइप कीजिएगा आप देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा इफेक्ट के थ्री रोटर पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है सिंपली आपको आ जाना बीट मार्क के अंदर फिर से जो तीन नंबर वाला इफेक्ट है सिर्फ एक ही पिक्स पे लगेगा ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप 16.20 से लेकर यहाँ पे जो एक पिक्स देखते सोलह पॉइंट बीस पे इस पे फोटो टैप कर इफेक्ट थ्री रोटर पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है उसके बाद सिंपली आपको फिर से आ जाना बीट मार्क एस इफेक्ट के अंदर सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद जो चौथा नंबर वाला इफेक्ट है इफिक फोटो पे टैप कीजिएगा इफेक्ट पे क्लिक की कीजिए थ्री रोड पर जाएंगे कापी इफेक्ट कर लेना सिंपली आपको आ जाना फिर से बीट के अंदर यहाँ पे आज मार्क के अंदर आने के बाद सत्रह पॉइंट दस से लेकर आपको बीस पॉइंट ग्यारह के बीच में लगा लेना है ठीक है बीस के बीच में यहाँ तक ठीक है चार नंबर वाला इफेक्ट तो चलिए फटाफट इफेक्ट ऐड करते हैं ठीक है तो आपको करना सिंपली करना क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना है फोटो पे क्लिक करना थ्री इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री रोड पर जाकर पेस्ट पे कर देना इस प्रकार से चलिए मैं लगा लेता तो हूँ इफेक्ट को सत्रह पॉइंट दस से लेकर बीस पॉइंट ग्यारह के बीच में तो चलिए फटाफट ऐड करते हैं लगा लेने के बाद सिंपली आ जाना आपको छब्बीस पॉइंट पे छब्बीस पॉइंट पंद्रह पे ठीक है छब्बीस पे अब यहाँ पे देख छब्बीस पे आ जाना है ठीक है छब्बीस पॉइंट पंद्रह पाने के बाद छब्बीस पॉइंट पंद्रह से लेकर छब्बीस पॉइंट उन्तीस के बीच में लगा लेना यहाँ पे एक पिक्स पे लगा लेना आपको ठीक है तो चलिए इफेक्ट को ऐड करते हैं इफेक, इफेक्ट इफेक्ट के अंदर सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है और आपको जो पांचवा नंबर वाला इफेक्ट आ रहा है तीन नंबर चौथा पांचवा नंबर वाला जो इफेक्ट फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री रू रोड पर कॉफी इफेक्ट करना सिंपली आपको आ जाना बीट मार्क के अंदर बीस से लेकर आपको आ जाना चौबीस चौबीस पॉइंट तेईस पे ठीक है यहाँ तक आपका चौथा नंबर सॉरी पाँचवा नंबर वाला इफेक्ट लगेगा तो चलिए इस फोटो इफेक्ट को ऐड कर ले रहे हैं इफेक्ट को ऐड करने के लिए फोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट क्लिक कीजिएगा थ्री जाकर फेस्ट पेट कर लेना सिंपली मैं इस प्रकार से ओलम्पिक्स पे कर ले रहा हूँ उसके बाद छब्बीस पॉइंट से लेकर आपको लगा लेना है अट्ठाइस तक ठीक है यहाँ तक लगा लेना छब्बीस पॉइंट से ठीक है छब्बीस पॉइंट उनतीस से लेकर यहाँ पे जो आपका एक पिक्स दिख रहा है वन पिक्स ये वाला ठीक है इस पर लगा लेना है ठीक है तो चलिए इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं फोटो पे टाइप की इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा थ्री रोड पर पे जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है सिंपली तो चलिए आपको फिर से बीट मार्क के अंदर आ जाना है सॉरी सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है तो चलिए सेक इफेक्ट के अंदर आ जा सेक इफेक्ट के अंदर जो छठा नंबर वाला इफेक्ट है फोटो पे टाइप की इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा थ्री रोड पर जाकर कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है सिंपली आपको बीट मार के अंदर आ जाना है यहाँ पर देखते हैं छः नंबर पे इफेक्ट आपका लगेगा तीस पॉइंट एक से लेकर पैंतीस पॉइंट पंद्रह तक ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंतीस पॉइंट पंद्रह पे यहाँ तक आपको छः नंबर वाला इफेक्ट लगेगा तो चलिए सिंपली ऐड कर ले रहे हैं इफेक्ट को इफेक्ट को ऐड करने के लिए फ़ोटो पे टाइप कीजिएगा इफेक्ट क्लिक कीजिएगा थेरी रोड पर पे जाकर पेस्ट इफेक्ट कर दे रहे ठीक है तो चलिए इस प्रकार से ऑलपिक्स पे कर ले रहे हैं ऐड आप भी कर लीजिए ऐड सिंपली वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट में जरूर बताना दोस्त वीडियो किस प्रकार बना हुआ है आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मोटिवेट नहीं मिलता है इसलिए दो दिन तक वीडियो नहीं बना पाएँ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था दोस्तों सच बता रहा हूँ ठीक है फोटो पे टैप करना है इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री रोटर पर जाकर फेस्ट पैक्ट कर देना आप लोग मोटिवेट कीजिएगा सपोर्ट कीजिएगा तभी ना इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में हमें अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से मैं वीडियो बना पाऊँगा आपके लिए मैं YouTube पे आया हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं दोस्तों जो मेरे पास हुनर है मैं हुनर जो मेरे पास हुनर है मैं हुनर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तभी आप लोग जो है अच्छे से अच्छा स्टेटस बना पाएंगे ठीक है इफेक्ट लग जाने के बाद आपको सिक इफेक्ट के अंदर आ जाना दोबारा और जो सातवां नंबर वाला इफेक्ट है फोटो पर टाइप कीजिएगा इफेक्ट क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना ठीक है सिम्पली आपको आ जाना बीट मार्क के बीट मार्के अंदर आने के बाद जो आपका सातवाँ नंबर वाला इफेक्ट है पैंतीस से लेकर आपको लगा लेना एक चालीस पॉइंट इक्कीस के बीच में ठीक है तो आपको चलिए मैं आपको ऐड करके बताता हूँ किस प्रकार लगाना है मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है फोटो पे आपको टैप करना है इफेक्ट पे क्लिक करना थ्री डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है तो इस प्रकार से ऑल पिक्स पे लगा ले हैं जब तक मैंने आपको बताया ओके दोस्तों ऑल इफेक्ट लग जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ए वाला टेक्निकल महरा भाई दिख रहा है यहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट ऐड करना है तो मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ फ़ोटो पर टैप कीजिएगा इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा ऐड इफेक्ट जो दिख रहा है एड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा कलर एंड लाइट पे आ जाइएगा ठीक है यहाँ पे हुज शिफ्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद स्टैंडर्ड पे क्लिक कीजिएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे तीर वाला पर आपको फ़ोटो के फर्स्ट में आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है जो प्लस वाला आइकन इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद तीर की मदद से आप नेक्स्ट पर आ जाइएगा यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको आ जाना वन आपको बता दे रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए वन 1 चौंतीस वन प्लस वन इंटू आ जाना है ठीक है यहाँ पे ऐसे ठीक है आप देख सकते हैं फोटो की जो ब्राइटनेस है वो, वो चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज टेक्निकल मेरा भाई पे क्लिक करना है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उसके बाद जो यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है उसको कॉपी लेयर कर लेना ठीक है कॉपी लेयर करने के बाद आपको फिर से आ जाना है उसके बाद उसके बाद यहाँ से आपको फिर से उस पे क्लिक करना है प्लस वाला पे उसके बाद पे पेस्ट कर देना ठीक है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुका है ठीक है उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर आ जाना दस पॉइंट बाइस पे, पे जो एक पिक्स लगा हुआ है पिक्स को हमको डिलीट कर देना है यहाँ पर एक वीडियो एड कर लेना ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर दस पे ठीक है तो आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप फिर टेलीग्राम से आप भी उसको कर सकते हैं डाउनलोड ठीक है तो मैं चलिए वीडियो को ऐड कर ले रहा हूँ पहले तो वीडियो को ऐड करने कर तो प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिएगा मीडिया के अंदर आ जाना है ठीक है और वहां से अपना जो जिस फोल्डर में रहेगा फोल्डर को सिलेक्ट कर, कर लेना है वीडियो को ऐड कर लेना है ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो मेरा एड हो चुका है उसके बाद आपको करना क्या है बीट मार्क पर आ जाना है और यहाँ से इसको इस प्रकार थोड़ा सा कर देना है ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद इसको फील कम्पोजिशन रे कर लेना है ठीक है उसके बाद आ जाना आपको आ, एडिट एंड शॉप पे तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है ठीक है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कर लेना है आपको फुल स्क्रीन कर लेना है ठीक है तो वीडियो बन के रेडी हो चुका है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा है ठीक है मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों